हेलो वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जो कि भोलेनाथ का मंदिर है ये बनारस पे स्थित है और यहाँ ये इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं और इसको देखने बहुत दूर दूर बहार बहार से लोग आते हैं मतलब बाहर बाहर से मतलब आउट ऑफ कंट्री इंडिया के बाहर से आते हैं सब इसको देखने सो so आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ का पूरा दर्शन का सीन दिखाएंगे आपको ट्रेवलिंग का भी सीन दिखाएंगे आपको और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिएगा माय सभी वीडियो पाने के लिए सुबह हम लोग लेंगे अपना ड्रेस जो महाकाल का टी शर्ट है ये पापन लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स okay. okay. कुछ ऐसा अपना दुख आया है कि अपने वो टीशल कहा नहीं रही थी पहली बार और अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे साइड गंगा जी से जल लेने यहाँ का गंगा जल वहाँ चढ़ता है तो इसीलिए जा रहे हम हाँ अभी हम लोग गंगा जल दे रहे इधर से और आप चहल देख सकते हैं भाई हम लोग ने गंगा जी भर लिया है सब गंगा जी देख रहा है साढ़े बारह बज रहे हैं रात के और कितने सारे लोग गंगा जी आ रहे हैं आ रे हार मगा दे आ रे हार मगा दे बोल बा बोल बा आ रे हार बम हम लोग दर्शन के लिए चल चुके हैं सब आगे जा रहे हैं तो महादेव इस सर चढ़ाई और जल अपना बाबा विश्वनाथ का मंदिर